come here karta hu yahan pe aage do bande hai mere ko yahan pe grenade dalna hoga ruko ruko yahan pe aage wall lagi aur ye grenade dala cook karke ek 2 3 aur ye grenade gaya hamara ek banda yahan pe knock bahut hi acchi baat hai yahan pe dusri baki hai ruko ruko isko bhi bahut der headshot wow she call me little bitch i'll roll out with my shooters so want to for me in a plum the bird code i got my gun on oh ya yeah, हेलो भाई लोग कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज हम यहाँ पे दोबारा से खेलने वाले हैं क्लेश कोड रैंक मोड तो गैस आज के गेम में खास बात यह होने वाली है कि सभी के सभी बंदे यहाँ पे हीरोइक वाले हुए मतलब अभी अब तक तो शायद से सभी के सभी बंदे ने मतलब गेम में जितने भी बंदे हैं उन्होंने यहाँ पे क्लेश कोड में प्लस तो कर ही लिया होगा तो मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद रिजल्ट देखाता हूँ रुको रुको एक बंद को मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके मारा और यहाँ पर पहला राउंड हम जीत चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वाह भाई वाह और और यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू हो चुका है मेरे पास है यहाँ पे एम पी एक बंदा मेरे ख्याल से यहाँ पे नीचे होगा अरे ये रहा ये रहा इसके पास शॉट गन है रुको रुको रुको अरे गोली क्यों नहीं लगी लगी लगी एक बंदा यहाँ पे नॉक हो चुका है ओके ओके ओके अरे यहाँ पे हमारा बंदा नोक पड़ा है गाइज रुको रुको अभी अभी रुको अरे ऊपर से कहाँ से आया है ये बंदा अरे मेरे को कौन मार रहा है अरे मैं नोक भी हो गया अरे अरे भाई भाई रिवायत दे दो मेरे को रिवाय दे दो भाई जल्दी जल्दी जल्दी रिवा दे दो रिवाई दे दो यहाँ पे बंदा है रुको रुको अभी देखो मैं यहाँ पे वो लगा दूँ सबसे पहले मेरे को यहाँ पर मेडी मारनी पड़ेगी गायस वरना बहुत ही कांड हो जाएगा यहाँ पे रुको ओके अभी एक ही बंदा बचा है अरे यहाँ पे इसने क्रोनो लगा दिया अरे अरे अरे ऐसे कैसे क्रोनो लगा दिया ओके गाइज तो यहाँ पर ये भी नौ ये भी नौक हो चुका है मेरे यहाँ पर डबल किल है बहुत ही अच्छी बात है ओके मेरे पास अभी मेडी नहीं है अरे यार मेडी भी नहीं है कोई बात नहीं चलो ओके okay, ओके okay, तो अभी किधर है लाश वाला बंदा यहाँ पे चढ़ा हुआ मेरे ख्याल से यहीं पे ही है रुको रुको अरे डायरेक्ट एच शॉर्ट अरे भाई भाई मेरा वेस्ट भी फाड़ दिया जिसने तो कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे तीसरा राउंड शुरू हो चुका है हम यहाँ पे दो राउंड जीत चुके हैं आप देख सकते हो एंड अभी मेरे पास तो एम है मेरे पास दूसरे गन लेने के लिए पैसे भी नहीं थे इसलिए कोई बात नहीं चलो यहाँ नीचे से नीचे से दो बंदे आ रहे हैं भाई भाई अरे ऐसे कैसे तुम जाओगे यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा हैड मारा है यहाँ पे MP5 का एक बंदा यहाँ से भाग गया है कोई बात नहीं चलो तो मैंने जो नॉक किया उस बंदे को मैं मारता हूँ यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये पहला खेल हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है एंड एंड वो बंदा किधर गाय यहाँ से पीछे से आएगा ओके okay, गायज तो यहाँ पे फाइनली जो सामने लीडम है यहाँ पर एक राउंड जीत चुके हैं बहुत ही अच्छी खेल रहे सामने टीम और यहाँ पर एम का मैंने क्या ही इसको हैड मारा है मतलब हैड नहीं मारा बॉडी शॉट सी नॉक किया है लेकिन इसको यहाँ पर पूरा खत्म करता हूँ अरे ग्रेनेड आया अरे दो दो ग्रेनेड एक साथ अरे अबे यार मैं मर गया कोई बात नहीं चलो अभी देखो सामने टीम को मैं क्या ही मजा चखा था रुको रुको रुको ओके ग तो हम यहाँ पे तीन राउंड जीत चुके हैं फाइनली और मेरे पास है यहाँ पे ये कट्टा बोलता है ना इसको एम क्या बोलते हैं इसको नहीं पता ये शॉर्ट गन बोलूंगा इसको अरे इस बंदे का नेट चला गया क्या हाँ गई इस बंदे का नेट चला गया ओ भाई लोल मेरे को खाली पोकट का ही कील मिल गया कोई बात नहीं चलो यहाँ पर ये बंदा भी थोड़ा बहुत डैमेजेड है इसको यहाँ पे पूरा ख़त्म करता हूँ मेरी शॉटगन के की एमो चली जाएगी यार इसको मारने में कोई बात नहीं चलो तो अभी ये बंदा बाहर आएगा रुको रुको रुको सॉरी गए थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा आ रहा होगा आपको शायद शायद से क्योंकि मेरे घर के पास थोड़ा बहुत काम चल रहा है इसलिए कोई बात नहीं चलो ओके तो अभी अभी देखते मेरे पास यहाँ पे दूसरा रहा मतलब दूसरे मैच यहाँ पर शुरू हो चुकी है और वो वाली मैच जो यहाँ पर बोया कर लिया था हमने मैं लास्ट में आपको रिजल्ट दिखाऊँगा ओके okay, तो अभी यहाँ पे एक बंदे को मैंने मारा है बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे दूसरे बंदे को ओ भाई भाई भाई एम फोर ए का क्या ही बढ़िया हैर मारा है वाह भाई वाह इसको यहाँ पे किल कंफर्म करता हूँ पूरा अरे अरे मेरे को पड़ी अरे भाई भाई भाई, भाई मैं बाल बाल बच गया गाइज वरना मैं मर जाता है पे कोई बात नहीं चलो तो ओके okay, ओके okay, यहाँ पे मेडिकट मेरे को मारनी पड़ेगी एक बार ओके okay, बंदा किधर है कोई बात नहीं यहाँ पे दो राउंड जीत चुके हैं सामने टीम बहुत ही अच्छी सामने टीम लेकिन हम भी यहाँ पे अस्वस्थ थामा है गाइज हमने यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया और वहाँ पे दूसरा बंदा है दूसरी वाली सीढ़ी के पास मैं यहाँ पे हुकुम का प्रयास करता होगा मतलब हुकुम का प्रयास करते करके मैं बहुत ही आगे जा रहा हूँ और और और ओके गैज यहाँ पे डबल किल हो चौ चुके हैं मेरे ओके तो फाइनल गैज हम यहाँ पे पहला राउंड जीत चुके काफ़ी ओपी तरीके से कंपैक करने वाले हैं गैज हम यहाँ पे अरे, अरे अरे अरे इसको मैं यहाँ पे नॉक करना पड़ेगा अरे अरे भाई भाई भाई भाई, भाई। मैं बच गया गैज वरना ये मेरे को मार दिया अरे बंदा आया अरे एक ही गोल ने मेरे को मार दिया अरे भाई डायरेक्ट हेड मारा होगा उसने यहाँ पे मेरे पास एम पी और इसको भी मैंने क्या ही हैड मारा है वाह मतलब हेड नहीं बॉडी शर्ट से ही मारा है लेकिन एक आधा दो हैड अडे हो गए शायद से इसको यहाँ पे पूरा खत्म करता हूँ ये डब्ल्यू एम वाली बंदी है साली ओके तो अभी मेरे पास यहाँ पे एम पी और एक कौन सा गन है? गने गन है ना हाँ थैमसोंग ओके तो यहाँ पे दो बंदे हैं गज अभी देखो मैं क्या करता हूँ मेरा हंड्रेड आई लगाता हूँ को हंड्रेड लेवल का आई दो हंड्रेड तो नहीं बोलेगा टू लेकिन हंड्रेड लेवल का आई क्या ही लगा मैंने यहाँ पे एक बंदा नॉके और एक बंदा डैमेज है ओके okay, तो मैं यहाँ पे हुकुम का प्रयास करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जाऊँगा एंड एंड एंड एक बंदे को यहाँ पे नॉक करूँगा ओह भाई भाई भाई क्या ही नॉक किया है यहाँ पे एक बंदे का यहाँ पे एक कंफर्म कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी अरे पीछे से मार दिया अरे भाई अब समझ में आया यार मैं एक अके, ही ही थोड़ी हुक्म वाला दूसरे बंदे भी तो हो सकते हैं ना कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पर फाइनल तीसरा गेम है जो शुरू हो चुका है और वो वाला गेम भी हमने यहाँ पर भूया किया था मैं लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा दूंगा और एक बंदे को क्या ही मैंने यहाँ पर एड मारा है वाह और दूसरा बंदा आया है इसको भी हेड शॉट अरे अरे ओ भाई भाई भाई दो बंदे नॉक कर दिया गाइज मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ गाइज मैं आजकल तो ओके यहाँ पे सामने वाला जो तीसरा बंदा है उसको भी मैंने हेड मारा है लेकिन वहाँ तक मेरी रेंज नहीं जाएगी कोई बंदे चलो यहाँ पे मैंने दो खेल कर दिए पहले ही राउंड में बहुत ही अच्छी बात है गाइज ओके गाइज तो यहाँ तक हमारा वीडियो आप देख रहे और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको लाइक करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फिर लाइक करने के बाद जो बाजू में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है आपको वो दबाना है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके बाद जो बेल वाला आइकन है आपको वो प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर देना है जिससे क्या होगा गैज मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आएगी गैज और आ, आप है ना हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकते हो गया कितनी ओपी बात है ना मतलब आप हमारे वीडियो के सबसे पहले व्यूअर बन सकते हो और, और सबसे पहले लाइकर भी और सबसे पहले कमेंटर भी बन सकते हो वाह भाई वाव ये कितनी तीनों की तीनों बात कितनी ओ पी है गाइज तो जल्दी से जल्दी आप लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और क्या कर दीजिए और हाँ इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो गाइज मैं आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिलहाल तो यहाँ पे गेम में चले आ जाते हैं सबसे पहले इसको मैंने यहाँ पर रिवाइ दे दिया बहुत ही अच्छी बात है और अभी मेरे ख्याल से एक ही बंदा बचा है इसका नेट चला गया है क्या हाँ गईज इसका नेट ही चला गया है ये सही भाग रहा देखो बोर्ड की तरह ओके तो इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी मार लेता हूँ यहाँ पर ये राउंड ख़त्म करता हूँ यहाँ पर ओके okay, तो यहाँ पे तीन राउंड जीत चुके हैं गैज हम बहुत ही अच्छी बात है ओके okay, तो मैं इस राउंड का एम पे हूँ ओके गैज तो यहाँ पे चौथा गेम शुरू हो चुका है और ये वाला गेम जो अब आपने पिछले मतलब पिछले जो मतलब मिनट में देखा क्या ही बोलना रहे अरे यार ये क्या हुआ अरे मेरी ज़ुबान फिसल गई कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पर एक को मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हेड मारा है इसको यहाँ पर पूरा मैं ख़त्म करता हूँ कि यहाँ पर कन्फर्म करता हूँ और और और अभी एक ही बंदा बचा होगा रुको रुको रुको नहीं नहीं नहीं अभी दो बंदे बचे हैं यहाँ से जाना चाहिए क्या मेरे को अरे अरे सामने से बंदा आ गए अरे भाई दो बंदे ने मेरे को क्या ही ठेस दिया है यहाँ पर कोई बात नहीं चलो अभी दिखाता हूँ रुको मैं इसको ओके गाइज तो यहाँ पे स्कोर है टू टू बहुत ही अच्छी फाइट है एंड एंड यहाँ पर मेरे पास एम है और उसके पास कौन सी गन है मेरे ख्याल से उसके पास थी शॉर्ट थी शायद से हाँ शॉर्ट थी या एम थी दोनों में से एक ही होगी अरे नहीं उसके पास फार्मस थी कोई बात नहीं चलो तो यहाँ पे एक किल कंफर्म कर लिया मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है मैडम माननी पड़ेगी रुको रुको रुको अभी किधर है अभी किधर है बंदे लोग किधर है बाहर आओ बंदे लोग किधर है आप लोग ओके ओके ओके अरे भाई भाई यहाँ पे विक्ट्री हो चुकी है बहुत ही ओपी तरीके से तो भाई ये देखो अभी देख सकते हो अभी मैं यहाँ पे हीरो थर्टीन में से फोटी में आ गया अभी हीरोइ यहाँ पे फोर्टी में से फिफ्टीन में आ गया है ना काफ़ी ओपी बात और मैं जो लास्ट वाला मैच था उसका एम था मैं देखो आप देख सकते हो तो। और और यहाँ पर हीरोइ 15 में से मैं आ चुका हूँ हीरोइ 16 में ओ भाई भाई भाई वाओ गाइस